वो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा वो इस बात से खुश है हमसे लबना खोला जाएगा तो उसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा